बस्म दोस्तों उम्मीद करता हूँ मैं आप सब लोग खैरियत से होंगे आज बात होगी फ्रीलांसर्स के बारे में ऐसे लोगों के बारे में जो घर में बैठ के काम करते हैं और उनकी स्ट्रगलिंग पीरियड के बारे में कि कैसे डिप्रेशन और एनजाइटी उनके ऊपर जो है वो ओवरटेक कर देती है कैसे उनको जो है वो आज अपने शिकंजे में ले लेती है और इस शिकंजे में जाने के बाद वो बेचारे बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और समझते हैं कि इस प्रॉब्लम का कोई हल नहीं है एक चीज़ जो मैंने देखी है कि पाकिस्तान में जो है वो फ्री बहुत ज़्यादा तेज़ी से ग्रो कर रही है इसके अलावा बिज़नेस के बारे में बहुत से मोटिवेशनल स्पीकर मैंटोर्स लाइव कोचेज और बड़े जो है वो बंदे आगे आ रहे हैं और बिजनेस करो बिज़नेस करो के बारे में बता रहे हैं लेकिन एक चीज़ जो सब में मिस हो रही है वो हल हराम की तमीज़ है तो सबसे पहले हलाल हराम की तमीज़ को मैंटेन करना है और ये जो फ्री जब होती है आ, आ, ऐसा है कि जब मैंने फ्रीलांसिंग स्टार्ट की थी तो मैंने सोचा था कि अब मैं बहुत बड़ा जाना है पैसा कमा लूंगा मुझे जिसने मोटिवेट किया था उसने यही कहा था 12, 14, 15, 16 लाख इंसान कमा लेता है। और दट इज दट ट्रू इसके अलावा भी लोग बहुत सा पैसा कमा रहे हैं लेकिन हम उनकी अर्निंग को देखते हैं उसके पीछे की स्ट्रगल नहीं देखते तो जब आज मैं इस वीडियो में स्ट्रगलिंग पीरियड की बात करूंगा कि यार जब आप स्ट्रगलिंग पीरियड में होते हो तो तब कैसा इंसान को महसूस होता है आई स्टिल रिमेंबर के वो जो मेरे दो साल थे जो मैंने फ्रीलांसिंग की और मैं बिल्कुल नाकाम रहा उसकी बहुत बड़ी रीजन थी एक तो प्रोफाइल क्रिएट करने से प्रोफाइल को एंड तक जो जब मैंने खत्म की तब से लेके मैं 24 फोर बाय परेशान रहा फ्रीलांसर जो सबसे बड़ी गलती करते हैं वो ये करते हैं कि जैसे ही वो प्रोफाइल क्रिएट करते हैं वो एक थाट के साथ करते हैं कि अब हमें ऑर्डर आना शुरू हो जाएंगे अब हमें जो है ना वो बस बिजनेस ही बिजनेस मिलेगा तो जब बिजनेस नहीं मिलता तो वो बेचारे परेशान होना शुरू हो जाते हैं घर वालों को भी ओवर एक्साइटमेंट में आके बता देते हैं कि अम्मी अब तो आप बस तैयारियाँ करें अब तो हमने कोई बहुत बड़े जो है वो महलों में रहना है और ये जो घर है हमने बेच के कहीं और ही चले जाना है ये सबसे बड़ी जन की गलती होती है यही होती है बार बार ऑर्डर को चेक करना बार बार उन चीज़ों को सोचना कि मेरी मे मुझे याद है मुझे नींद नहीं आती थी मैं बार बार चेक करता था मैंने वो ऐप इंस्टॉल की हुई थी यार कोई ऑर्डर आया कि नहीं आया कोई ऑर्डर आया कि नहीं आया अच्छा अगर मैंने बायर को अभी मैं ऑफलाइन हुआ तो फिर जो है वो बायर ने देखा कि ये बंदा तो ऑफलाइन है इसको तो रिक्वेस्ट ही भेजेगा मैं ट्वेंटी फोर ऑनलाइन ही रहता था तो दिमाग में 24 फोर बाय चलता रहता था ऑर्डर आया कि नहीं order, order आया ऑर्डर आया कि नहीं आया वो जब ऑर्डर नहीं आता तो इंसान अंदर से टूटना शुरू हो जाता है अपनी सारी अटेंशन को सारे फोकस को उधर ही रखते हो आप सो तो रहे होते लेकिन आप सो नहीं रहे होते आपका माइंड स्विच ऑफ नहीं हुआ होता कॉन्शियसली आप कॉन्शियसली थॉट करते जा रहे हो करते जा रहे हो करवट बदलते जा रहे हो दूसरा टाइम मिस होता है क्योंकि वो रात को अवेलेबल होते हैं और जो है वो हम सुबह को जो है वो सोने की कोशिशों में होते हैं फिर सारा टाइम जो है वो हम सो नहीं पाते रात पूरी काम करते हैं दिन पूरी सो नहीं पाते घर में शोर शराबा बहुत सा होता है अम्मी कहती हैं फ्री लांसर ही है वेला ही है कौन सा काम कर रहा है जा बेटे सब्जी लादे जा बेटे ये कर दे बट उनको नहीं पता होता कि ये बेचारा ऑलरेडी किस स्ट्रेस से गुजर का है नो डाउट माँ बाप का एक एहतराम है और उनको समझाना हम पे लाजिम नहीं है लेकिन हमारी एक राय है उनके आगे रखनी जो है वो हम पे लाजिम है तो मेरी भी माँ मुझे उस टाइम पर नहीं समझती थी अक्सर लोगों के माँ बाप नहीं समझते बट इट डजन मीन कि आप माँ बाप से उलझ बैठ जाए हमने अपनी मिस्टेक्स को मैनेज करना है तो सबसे बड़ी जो मिस्टेक्स मैंने फिलहाल को देखी है एक तो 24 फोर बाय सेवन परेशान है दूसरी चीज ये कि प्रोफाइल क्रिएट करने के बाद बहुत ज्यादा ऑर्डर की एक्सपेक्टेशंस ले रहे हैं हर वक्त स्ट्रेस में है हर वक्त कॉर्टेसोल लेवल बढ़ा हुआ है हर वक्त जो है वो खाने पीने की कोई फिक्र नहीं एक्सरसाइज की कोई फिक्र नहीं नमाज की कोई फिक्र नहीं पैसा पैसा पैसा आप कमा लो यार ये आपकी मिस्टेक्स है इन पर काम करो रिलैक्स रहो सबसे पहली चीज रिलैक्स रहो अभी प्रोजेक्ट्स नहीं आ रहे तो आप देखो कि जब तक प्रोजेक्ट्स आएंगे हो सकता है छः महीने लग जाए हो सकता है एक साल लग जाए उसमें क्या करो पैसिव इनकम की तरफ चले जाओ आप ब्लॉग राइटिंग कर सकते हो आप यूट्यूब का चैनल क्रिएट कर सकते हो ये एक पैसिव इनकम का आपका हो जाएगा इसके अलावा आप लोकली क्लाइंट को फाइंड आउट कर सकते हो मैंने लोकली क्लाइंट के साथ काम करके देखा है और ऑनस्टली मेरा जहाँ बिजनेस जहाँ मेरा फ्री का बिजनेस इंटरनेशनली फ्लॉप हो गया उसकी बहुत बड़ी रीज़न थी कि वो जो जो वर्किंग वेबसाइट्स थी उन पर तो ऑलरेडी इतने ज़्यादा फ्री लांसर्स रजिस्टर्ड थे और मुझसे ज़्यादा अच्छे रजिस्टर्ड थे तो मैं तो वहाँ मतलब समझ नहीं आई मुझे कि मेरे साथ हुआ क्या लेकिन बाद में जब मैंने ख़त्म कर दिया तो मुझे बहुत ऑर्डर आए तब मैं देखा तो फिर तो बहुत देर हो चुकी थी लेकिन तब भी मैंने लोकल क्लाइंट्स के साथ काम किया और लिटरली पाकिस्तान में लोकल क्लाइंट आपको बहुत ज़्यादा पैसा दे सकते हैं अगर आपके अंदर मार्केटिंग स्किल्स हैं और अगर आप उनसे पैसा निकलवाने की हिम्मत और ताकत रखते हो बड़ा आसान है मैंने मैंने जो चीज़ स्ट्रैटेजी देखी वो यही लगाई कि मैंने अपनी प्रोडक्ट्स को पकड़ा मेरे पास क्या क्या, -क्या चीज़ें थी वेबसाइट थी सॉफ्टवेयर थे और मुख्तु चीज़ें थी मैं खुद मार्केटिंग का बंदा बन के गया मैं मुख्तलिफ ऑफिस में गया मुख्तलिफ लोगों से मिला और मुझे इसका बहुत ज़बरदस्त किस्म का आउटकम मिला और लिटल ये बात गलत है कि आपको इंटरनेशनली क्लाइंट जो है वो बहुत ज़्यादा पे करता है आपको लोकली क्लाइंट भी बहुत ज़्यादा पे करता है अगर आपकी मार्केटिंग स्किल्स स्ट्रांग हैं तो अब आप फ्री लांसिंग पे भी काम करते हो आप एक पैसिव इनकम की तरफ भी हो एक साल बाद आपको खुद ही पता चल जाएगा कि आपका बिजनेस कहां है बनिस्बत यह कि आप 24 फोर बाय उसी चीज को लेके पैनिक रहो उसी चीज को लेके परेशान रहो नॉट गुड थिंग एक स्ट्रोंग जो है ना यार इस सब के बावजूद आपने एक स्ट्रॉन्ग किस्म की जो है ना वो अपनी एक रूटीन को बैलेंस करना सबसे पहली चीज ये आप हर वक्त अवेलेबल होना बंद कर दो स्पेसिफिक कार्ज के लिए अवेलेबल हो फॉर द फ्री स्पेसिफिक स्पेसिफिकर्स के लिए आप ब्लॉगिंग करो यूट्यूब कंटेंट क्रिएट करो कोई भी पैसिव इनकम के लिए एक चीज पकड़ लो स्पेसिफिक आर्ड के लिए आप लोकल क्लाइंट फाइंड आउट कर लो फेसबुक पे कर सकते हो कहीं भी कर सकते हो आपको मिलना शुरू हो जाएंगे बट कीप इन माइंड बहुत ज्यादा रश में नहीं थोड़ा टाइम देखे अपनी हेल्थ पर इन्वेस्ट करो आपकी सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट आपकी अपनी हेल्थ है अभी आपको लग रहा होगा कि पैसा पैसा पैसा कुछ ही देर बाद आपको खुद ही रिलाइज हो जाएगा कि सिर्फ पैसा नहीं है आपकी मेंटल हेल्थ बहुत ज्यादा जरूरी है अगर मैं कहूँ मनी वर्जिज मेंटल हेल्थ तो मैं इतना आपको गारंटी दे सकता हूं कि जिन लोगों को पता है ना जिन लोगों ने पैसे की वो पीक देखी हुई है पैसे के ऊपर जाकर देखा है तब भी उनको यही चीज़ मोर इम्पोर्टेंट लगी कि मेंटल हेल्थ मोर इम्पॉर्टेंट देन एनी और मैंने ये खुद एक्सपीरियंस किया इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आपने दोनों को लेकर बैलेंस चलना और जो चीज़ आप कमा रहे हो उसमें हलाल हरा, हराम का कंपेरिजन करके चलना मेरे भाई फ्री में हम भी जब फ्रीलांसिंग करते थे तो हमें भी ऐसे बड़े प्रोजेक्ट आए जो दीन इस्लाम में मना है और वो उसके लिए आपको टेन टाइम ज़्यादा पे किया जाता है बट कीप इन माइंड आप दुनियावी अतबारे तो, तो पैसा कमा लोगे बट ये बहुत बड़ी बेकूफ़ी होगी कि आप सिर्फ दुनिया का सोच लो और आखरत का नहीं सोचो ये टेम्प्रेरी लाइफ है आज नहीं तो कल कल नहीं तो परसो आज तो जवानी में ही कोई पता नहीं चल रहा तो आपने जो आगे लेके जाना है उसके बारे में मोर इंपॉर्टेंट है कि आप उसके बारे में सोचो बट बैलेंस लाइफ करके चलो एक्सरसाइज करो वॉक करो रनिंग करो लेस एनजाइटी में रहो लेस डिप्रेशन में रहो खुद को मैनेज करके चलो ये सारी चीजें आपने चलनी है ये ना सोचो कि प्रोजेक्ट नहीं आ रहा प्रोजेक्ट नहीं आ रहा रिस्क का वादा अल्लाह का है मेहनत का वादा आपने करना है आप मेहनत कर रहे हो अल्लाह ताला आपको देगा हो सकता है आप फ्री में एंटर हुए हो और यह सोच के कि मैं फ्री से पैसा कमाऊंगा ने फ्री लांस में नहीं लिखा हुआ था लिखा हुआ था लोकल क्लाइट से, से मैंने 100 ज़्यादा कमाया जो मैं फ्री लांसिंग से कर रहा था। तो लोकल क्लाइंट में भाई ज्यादा पैसा है हर चीज को तरीके से करने का नाम ही फ्री लांसिंग होता है तरीके से क्योंकि फ्री लांसर बेचारों का कोई बोस नहीं होता इनको कोई समझाने वाला नहीं होता माँ बाप बहन भाई सारे पीछे से एक्सपेक्टेशन लगा के बैठे होते हैं कि भाई या बहन कब गाड़ी खरीदेंगे भाई या बहन कब देखो यार गाड़ी भी आएगी सब चीजें आएंगी लेकिन सबसे पहले जरूरी है आपका रिलैक्स रहना मैं नहीं चाहता कि आप उस आदत को डेवलप कर लो कि एक परेशानी आई और आप परेशान हो गए एक थॉट आया और आप परेशान हो गए आपको है हमारी सबसे ज्यादा जो खराब चीज होती है वो हमारे माइंड के पैटर्न होते हैं जो हमने खुद पैटर्न किए होते हैं एक बार क्लाइंट नहीं आया दूसरी बार लगेगा कि क्लाइंट नहीं आएगा एक बार क्लाइंट ने रिजेक्ट कर दिया दूसरी बार हमें लगेगा क्लाइंट रिजेक्ट कर देगा एक बार क्लाइंट ने आपको काम दिया उसे पसंद नहीं आया उसने ऑर्डर कैंसिल कर दिया या मीन वाले कुछ भी ऐसा कर दिया आपको अगली बार भी यही लगेगा ये सिर्फ और सिर्फ आपके माइंड के पैटर्न्स हैं ये आपकी लाइफ में फिर हर फेस में आ जाएंगे हर चीज़ को ये पकड़ लेंगे इसको बदलना आपने है अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल रखें अपनी फिजिकल हेल्थ का ख्याल रखें अल्लाह तला जो है वो बड़ा बेहरबान है लेकिन हलाल हराम की तमीज़ आपने लाजमन रखनी है ये इन लोगों के पीछे नहीं लगना कि बहुत पैसा कमाएं ये करें वो करें पैसा कमाओ यार पैसा कमाने से कोई नहीं रोक रहा बट कीप इन माइंड वो पैसा हलाल का होना चाहिए उस पैसे में अल्लाह की भी एक परसेंटेज होनी चाहिए उस पैसे में आपके साथ जुड़े हर बंदे की कोई ना कोई परसेंटेज होनी चाहिए गरीबों का हमारे पैसों पे हक है ये बात आप छोड़ दो कि हमसे नहीं पूछा जाएगा हमसे पूछा जाएगा और जब पूछा जाएगा तब बहुत देर हो चुकी होगी अभी हमारे पास वक्त है अभी हमें यह देख कर, कर चलना है अल्लाह से दोस्ती करो नमाज़ पढ़ो कुरान पढ़ो अल्लाह के आगे हो गिर अल्लाह तो देना रिस्क मैं थक गया था मुझे फ्री से जीरो हो गया मैं अल्लाह कह के रोया मैंने कहा अल्लाह जी देख लें रास्ते देख लें बच्चे भूखे मर रहे आप नहीं देंगे तो किसके दर से जा कर लेंगे तो फिर अल्लाह मेरे ने दरवाजे खोल दिए दे दिए अल्लाह से मांगने का तरीका जी अल्लाह जी आप नहीं करना है जो करना है मेरे इख्तार में था मेहनत सुबह निकलता था रात को आता था बाइक का पेट्रोल ख़त्म हो जाता था अल्लाह जी कल पेट्रोल आप नहीं डलवाने मेरे पास तो पैसे नहीं है मुझे कोई वसीला दें कोई रास्ता दें अल्लाह रास्ते खोल देता था अल्लाह से लें तो सही आप आखिरी उम्मीद पहली उम्मीद अल्ला ही रखें आपको मिलेगा क्यों नहीं मिलेगा अल्लाह देगा अल्लाह तो देने के लिए बैठा है आप लेने के लिए बैठे हो हम लेने के लिए नहीं बैठे सो so, ये फ्री से ये सारी चीजें बदलने से ना अपनी सोच को पहले बदल लें अपने आप को पहले बदल लें इफ एंड दैट दोनों की पॉलिसीज को देखें दोनों के टर्म्स एंड कंडीशन को देखें यकीनन आपके अंदर बहुत सी क्वालिटीज होंगी लेकिन हो सकता है वो क्वालिटी सिर्फ उस चीज के लिए ना हो आपने तीनों फेजिस पर काम करने आपकी स्किल्स के अकॉर्डिंग हर चीज पर अभी मेरी एक स्टूडेंट थी वो फ्री के लिए आई उसने मेरे से जो है ना वो काफ़ी चीज़ें उसने सीखी थी और उसकी मार्केटिंग स्टिल स्किल्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांग थी तो वो एक ग्राफिक डिजाइनर भी थी तो उसने मुझे कहा कि सर मैं आपसे मशवरा लेना चाहती हूँ कि मैं क्या करूँ मैंने कहा देखो अगर तुम मेरी तरफ आती हो तो मैं एक ही चीज़ कहूँगा तुम्हारी मार्केटिंग स्किल्स बहुत स्ट्रांग है तुम किसी भी बंदे को अच्छी चीज़ बेच सकती हो अच्छी चीज़ मतलब मैं बुरी चीज़ को बेचने का नहीं बुरी चीज़ मार्केटिंग में बेकूफ़ी कंसिडर होती है आप बेच तो लेते हो लेकिन बाद में बड़ा पछताते हो तो उसने कहा सर मैं फिर किस चूज करूँ ग्राफिक को भी और मार्केटिंग को भी तो मैंने कहा दोनों को बैलेंस लेके चलो लेकिन ट्वेंटी फाइव और सेवन सेवेंटी फाइव परसेंट मार्केटिंग होनी चाहिए तो मार्केटिंग में अच्छा कर लेती हूँ अलहमदिंग में अच्छा करिए तो आपने सबसे पहले ना अपने आप को देखना है फिर आपने करना है कि फला का दोस्त ये कमा रहा है बंदा ये कमा रहा सर छोड़ दो आप इनकी बातों को ये अपनी लाइफ को वही बात ना एमेजोन के कोर्सेज भेज के लोग कहां से कहा जा रहे हैं ये फ्री के कोर्स भेज के लोग कहां से कहा जा रहे हैं सीखना यूट्यूब से सीखो हर चीज़ में यार माइंड ओपन रख के चलो अल्लाह ताला तो आपके लिए हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे मकसद एक ही है हलाल कमाओ मेंटली सुकून भी कमाओ फिज़िकली रेस्ट भी कमाओ अपनी अपने रिश्तों को भी बैलेंस रखो अपनी लाइफ को भी बैलेंस रखो माँ बाप को भी वक्त दो बहन भाइयों को भी वक्त दो, दोस्तों को भी वक्त दो थोड़ा वक्त पर ले चलो और फ्री आप ज़्यादा देर नहीं करते एक वक्त आता है जब आप टाइर्ड हो जाते हो हेक्टिक हो जाते हो आप कहते हो नहीं यार ये क्या काम है उस वक्त से बचो और उस वक्त को माइंड में रखो कि वो आता है और वह हर फ्री लांसर्स आता है अपना तो बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मुझे तो हमें याद रखिएगा है। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ असल अल्लाफ